तुला राशि के जातकों बुधवार का दिन आप लोगों के लिए कैसा बीतेगा तो आज बॉस से उच्च अधिकारियों से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा कुछ कार्यों को आज आप समय से निपटा लेंगे इससे आपकी जो परेशानी बढ़नी थी वो नहीं बढ़ेगी आसपास के लोगों के साथ थोड़ी सी बहस हो सकती है माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा अनियमित दिनचर्या के कारण आज आपको कुछ आलस्य और थकान महसूस हो सकता है व्यापार में आज मुनाफा रहेगा आज ओवर कॉन्फिडेंस जैसी स्थिति आपके साथ बन सकती है इससे आपको बचकर रहना चाहिए उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज चीटियों को शक्कर मिश्रित जो है आटा आप लोग डालिए इससे आपकी सभी समस्याओं का निराकरण होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन